जस्ट नॉट ग्रीन यूनिफॉर्म और कुछ भी पहना दो उसको कमांडो बोल दो नहीं या फिर कमांडो बना दो उसको कर दो एंड यस uh, yes. कमांडो देखो कमांडो इज एन एटीट्यूड उसको जरूरी नहीं है बल्कि होना चाहिए ह्यूज होना चाहिए गंजे बाल होना चाहिए नो no. कमांडो इज एन एटीट्यूड